तो स्वागत है आपका आज हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के पावर के बारे में YouTube का मर्दांगी पावर यानी मैन पावर YouTube का मैन पावर जब भी तुम उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखने की कोशिश करोगे तो वो स्ट्राइक मारता है इसी को बोलते हैं मर्दांगी YouTube पावर और ऐसा ही मेरे साथ हुआ मैंने YouTube की धीमे धीमे धीमे धीमे सीने पे हाथ रखा अचानक उसके प्राइवेट पाथ पे हाथ रख दिया बस क्या था YouTube ने मार दिया मुझ पर एक स्ट्राइक जिसके कारण तुम सात दिन तक नहीं कर सकते कोई भी वीडियो अपलोड और आज बात करते हैं स्ट्राइक क्या है आखिर वॉट इज दाइक आओ मजा आता है तुम्हारे मन में चुल मची के मैं भी यूट्यूबर बनूंगा फिर क्या किया तुमने थोड़ा थोड़ा गेम प्ले थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर करने लगे तुम्हारा वॉइस ओवर इतना बढ़ता गया इतना बढ़ता गया अगर तुम कैसी ही वीडियो बनाते हो उससे YouTube को फर्क नहीं पड़ता फर्क YouTube को जब पड़ता है जब YouTube के अंदर तुम डिटेलिंग करने लगते किसी चीज को अगर तुम एक्सप्लेन फुल फुल फुल यानी फुल तरीके से तुम अगर एक्सप्लेन करोगे तो यूट्यूब उसको नहीं झेल पाएगा तुमने उसमें इंप्रूवमेंट कर दी इंप्रूवमेंट में तुमने अगर गाली एबयूस गालियां मिक्स कर दी और गिम्पले जबरदस्त कर दिया तो यूट्यूब तुम्हें तो पहले वार्निंग देगा भाई ऐसा कंटेंट नहीं बनाओ ऐसा मैं नहीं जल पाऊंगा ऑडियंस को नहीं रिटेल कर पाऊंगा बच्चे बिगड़ जाएंगे इससे फिर भी आप लोग ना माने तो YouTube तुमको एक स्ट्राइक मार देगा बोल देगा भग बोछड़ी के ऐसा नहीं कर पाएगा तू सात दिन तक अगर फिर भी ना समझे सात दिन के अंदर का तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आया तो यूट्यूब तुमको चौदह दिन के लिए फिर एक और स्ट्राइक मार देगा अगर तुमने वैसे ही वीडियोस को दोबारा अपलोड करने की कोशिश की अगर फिर भी ना मानो चौदह दिन के बाद तो तीसरा स्ट्राइक पालोगे तुम तीसरे स्ट्राइक अगर नब्बे दिन के अंदर आ गए तुम्हारे तो लौड़े दिलक्षण तुम्हारा यूट्यूब चैनल बैन कर दिया जाएगा और रिमूव हो जाओगे तुम यूट्यूब से यूट्यूब से तुम बैन कर दिए जाओगे और अगर ऐसे गाली देने वाले कंटेंट यूट्यूब पे बैन हो रहे हैं तो एक बात समझ नहीं आती यूट्यूब पे हॉट डली हैं ये बैन क्यों नहीं होते मैंने बहुत सारी वीडियो देखी इन पर खुल खुल्ला नहीं होता लेकिन कंटेंट और थंबनेल से भाई पता चलता है वीडियो कैसी है लेकिन इन पर कोई नहीं होगा इन पर स्ट्राइक के नाम पर वो नहीं मरेगा व्यू मिलियंस में भरे पड़े हो इनमें लेकिन नहीं YouTube से हमारी लेनी देनी है पता नहीं YouTube और मेरी क्यों नहीं बनती आपस में मैंने थोड़ा ही गाली गलों एव्यूजिंग किया गेम प्ले के साथ और YouTube ने मुझे वार्निंग स्ट्राइक मार दिया और YouTube पे इतना ये चुल मचा है हॉट भाविस के नाम पे भखरंडी न्यूज बन चुकी है इस पे यूट्यूब कुछ नहीं कहेगा YouTube को वो पसंद है वो पसंद है वो पसंद है YouTube को जो पसंद है वो ही उसको पसंद है हम अगर अपनी वाली डालेंगे अपना वाला कंटेंट उस पर जमाने की कोशिश करेंगे तो YouTube फग भोसडी का करतेगा तुमको नहीं उसकी मर्जी के खिलाफ अगर तुमने उस पर अपलोड करने की कोशिश की तो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो उसको सिर्फ हॉट बाबीज चाहिए वो भी एज रिएक्टेड है कुछ कुछ तो पूरे देख सकते हो तो मिलियंस पे व्यू है मेरे नहीं आते मिलियंस पे व्यू